सात घोड़े पे पेशवा होके आई सूरज देवा सत घोड़े पे पेशवा होके आई सुरू जजेवा रिया हमार ये सुरज देवा रिया हमारे सूरज देवा ले लिय हमार ये सुरज देवा श्रदा भक्ति से कहीं छोटी के बरतिया फल फूल से भर के सजमनी अर घिया फल फूल से भर के सजमनी अरगिया हाथी जोड़ी करी लुकारे सुरुज देवा हाथ जोड़ी पुका सूर्य देव ले लिया रगिया हमारे सुरज देवा ले लिया रगिया हमार सत घोड़े पे सवार होके आइए सुरज देवा सत घोड़े पे सवार होके आइए सुरज देवा ले लिया रिया देवी हमे वौरा मंगाई हम अरघ सजमनी दौरा मंगाई रगा अरघ सजनी मलहोरिया खुलावा मंगवनी मलौरिया से खुलावा मंगवनी छठी के कही गुहारे सूर्ज देव छठी के कही गुहारे सूर्य देव लै लिया रिया हमारे सूर्य ज देवाब लै लिया रिया हमारे सुरज देवा घोड़े पे सात घोड़े पे पेशवा होके आई सुरज देवा घोड़े पे पैसवा होके आई सुरज देवा हमारा उज देवा रजिया हमा सुरुज देवा रजिया हमा सुरुज